हेलो गाइस आज मैं बताने वाला हूं कि आपको बी टी एस का बंडल फ्री में कैसे मिलेगा और मिशन कैसे कंप्लीट करेगा उससे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो हमारे चैनल पर नए आए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें चलिए शुरू करते हैं वीडियो सबसे पहले देखिए बी टी जो इवेंट आया है कोलेब्रेशन हुआ बी टी के साथ वो उसमें हमें सात बंडल देखने को मिलेगा जिसमें से हमें एक बंडल फ्री में मिलेगा ये बंडल हमें मिलेगा बी टी एस क्रिस्टल टोकन से और ये टोकन हमें 2000 डायमंड स्पिन करने पर मिलेगा 2000 डायमंड उड़ाने पे 2000 चलिए मैं बताता हूँ आपको मिशन कैसे कंप्लीट करें सबसे पहले आप जान चुके कि हमें स्पिन करना होगा 2000 डायमंड जिसके जिससे हमें वो टोकन मिलेगा देखने को और न्योन स्टिक ये जो टोकन है इससे भी हम रिडीम कर सकते हैं BTS टी क्रिस्टल को अब ये नियोनस्टिक टोकन आपको कैसे मिलेगा ये चलिए हम आपको बताते हैं ये नियोनिस्टिक टोकन आपको मेरे हिसाब से गेम खेलने पर मिलेगा देखिए इन बैटल वर्ल्ड मैप जब आप मैप कंप्लीट करके आओगे गेम कंप्लीट करके आओगे तब आपको देखने को मिलेगा और सी में भी मिल सकता है लॉन वुल्फ में भी मिल सकता आपको 25 मार्च से 1 अप्रैल तक आपको एक टोकन मिलेगा दो अप्रैल से सोलह अप्रैल तक आपको दो मिलेगा आपको टोकन, मिलेगा। टोकन मिलेगा और नाइन अप्रैल को आपको चार टोकन देखने को मिलेगा चार टोकन मिलेगा सबसे ज़्यादा टोकन आपको नाइन अप्रैल को देखने को मिलेगा और मैं आपको दो हज़ार दो हज़ार डायम स्पिन करके बंडल निकाल के भी दिखाऊंगा चलिए मैं आपको कुछ देख लेते हैं क्या क्या रूल्स है इसमें उसके बाद आपको स्पिन करके निकाल के दिखाता हूँ मैं बंडल चलिए स्पिन करने के लिए बेस्ट कौन सा होना चाहिए तो आपको कैलेंडर दिख है जिसमें हम आपको बता ही चुके हैं कि कैसे मिलने वाला है टोकन हम अब आप जा स्पिन करने के लिए हमारे लिए बेस्ट होगा हमारे हिसाब से इंक्रबेटर इंक्रबेटर में जो नया पी का स्क्रीन आया है वो भी हमें मिल सकता है चलिए स्पिन ये मिल जाए भाई जाओ, इंक्युबेटर, मिल जाओ इंक्यूबेटर मिल इंक्यूबेटर का स्किन मिल जाए एक बार भाई इंक्यूबेटर बोल रहे हैं पी नाइनटी का स्किन सिर्फ भी मिले चाहे ना मिले उससे टें उससे कोई दिक्कत है हमें हम तो बस आपको दिखाना है कि बंडल 2000 डायमंड स्पिन करने पर मिलेगा चलिए देखते कितना डायमंड हुआ अभी तक 14 1440 सौ डायमंड ही हुआ अभी तक ये और थोड़ा स्पिन कर लेते हैं ये हमारा देखते हैं कम्प्लीट हो चुका है क्लेम कर लिए हैं अब हमें जा रहा है आगे आज थोड़ा मेरा तबीयत ख़राब है इसलिए वीडियो में अगर कुछ दिक्कत होगा तो माफ़ कीजिएगा हमें चलिए देखते हैं अब स्पिन करते हैं इन सातों बंडल में से आपका फेवरेट बंडल कौन सा है ये जरूर बताइएगा हमको पिंक वाला बंडल बिल्कुल पसंद नहीं एकदम बकवास है वो बंडल चलिए देखते हमें बंटल पता है ये हमें मिल गया यू है हाँ। देखिए ये ब्लैक वाला बंडल मिल चुका है चलिए देखते हैं। इसका इंटरफेस कैसा होता है पहन के आपको दिखा देता हूँ मैं ये बंडल का इंटरफेस कुछ इस टाइप का है बी टी के साथ कोलेब्रेशन हुआ है भाई फॉलेट बंडल है एकदम जो भी हमारे चैनल को देख रहे हैं हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में